कही गलती हारी गलती हारी तुम गला में पानी अटके मन में माया बेलामारे गला में के गस मन में बेला अरे के हरे तमें खुशरी जो मारी जान तो भगवान तुमारी अरे तमें खुशरी जोरे मारी जान दुनिया जान जावेरी दुनिया जान जावेरी हरेक नफरत मत के बंडी रे तो कुमारी याद आवेरी नफरत मत के बंडवारी रे तो कुमारी, थो कुमारी थो किस्मते बाला को किस्मते बाला को अरे दो करे मोहबत में मत थी जोर सुन पैगाम मारा को वो दो को मो दुनिया में भरोसो कूने को को। को को। अरे सब ले कान बैन सवेरे हिरे का मेले बोले तीरी जो, बोले तीरी जो। अरे दुख तारा बोया भगवान कुछ तुम्हारी सब कुछ दे दिया मैं सब कुछ दे दिया। हर एक चूडी दे मोहब्बत की पैराई देवना तेरा प्यार लिया।